असल वरम् वा कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग असल खैरीत और आफ़ियत से होंगे आज हम आप लोगों को बतलाएँगे कि सुन्नत के मुताबिक वज़ू कैसे करा जाए और दूसरी बात इन टोटियों से कैसे वजू करा जाए सुन्नत के मुताबिक जो कि पानी भी कम फिके क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि लोग जब टोटियों से वज़ू करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही पानी फिक जाता है तो पानी बहुत गिनती चीज़ है सारे के सारे लोग इसी के ऊपर टिके हुए हमें इस नमत का शक्र अदा करना चाहिए और इसका जितना हो सके कम इस्तेमाल करें मतलब कोई ज़्यादा फालतू वालतू कामों में ना फिके तो हम वज़ू भी कर रहे हैं तो हमारा जो तरीका है बदलाने का वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे नियत करेंगे नियत क्या करना हमें पाक होने की कि हम वज़ू कर रहे हैं पाक होने के लिए तो हमारी नियत हो गई तो अब हम जो काम करेंगे पहला वो हम करेंगे इतना सा खोलेंगे टोटी को खोलने के बाद दोनों हाथों को धुल लिया और बिसमिल्ल रही पढ़ कर अपने वज़ू की शुरुआत करेंगे तो अब हमें करना है कुल्ली तो देखें एक हाथ हमारा ऊपर दूसरा हाथ नीचे और चुल्लू में पानी दिया और बंद कर दिया फौरन इस तरीके से हमें कुल्ली करना है तो क्योंकि आम आमतौर पे कुल्ली करने के बाद जब पानी डालने के बाद थोड़ी सी मसवाक भी करना है मसवाक भी करना सुन्नत है अगर नहीं है मसवाक तो ये देखें हमारे हाथ में है नीम की मसवाक नीम की ही मिसवाक करें नीम की मसवाक बहुत बेहतरीन चीज़ है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और नीम की ही मसवाक करना चाहिए नहीं है मसवाक तो अपनी उंगलियों से दांतों में खयाल कर लें पूरे दांतों में फिरा लें अपनी उंगलियों को तो हमारे पास मसवाक है तो मसवाक कर लेते हैं थोड़ा सा इसके दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं मैंने आप लोगों को बतलाऊंगा भी एक दिन कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं तो नीम की ही मिसवाक करें तो ये हो गई हमारी मिसवाक जिसको हम दिल के रख देते हैं और हमें पानी कम देखना तो हमें तीन बार कुल्ली करना है तीन बार हमारी कुल्ली हो गई फिर इसी तरीके से हमें नाक में पानी डालना दूसरा काम एक बार अब हमें नाक की नबर में हड्डियों तरफ पहुँचाना पहुंचाने के बाद कोई गंदगी है नाक में तो हम उसे उल्टे हाथ से सफ़ा कर लेंगे एक दूसरे का ख्याल करते हुए क्योंकि पास में ये वाले भी बंदे बैठे होंगे तो इन्हें भी ना कोई तकलीफ़ हो ख्याल करते हुए फिर इन हाथों को ज़रा सा धुल लेंगे इस तरीके से हाँ नाक में पानी चला गया तीन बार हमें नाक में पानी डालना उसके बाद हमें क्या करना है हमें अपना चेहरा धोना है जो कि फ़र्ज़ है चेहरा कहाँ से एक कान की से पेशानी और यहाँ दाढ़ी तलग और दूसरे कान तो पूरा चेहरा हमें किस तरह धुलना ये देखें हमारा दूसरा हाथ इस के ऊपर रहे और और ये जो सीधा हाथ है वह हमारा चुनू बना रहे इस तरीके से हमें करना है तो देखें खूब अच्छी तरीके से मसल से मसल मसल के अपना चेहरा धुलना है तो तीन बार हमें अपना चेहरा धुलना अब ये चीज़ हमारी फ़र्ज हो गई दूसरी चीज़ इसी तरीके से हमें हाथ अपने धुलना है ये देखें ध्यान रखें कि जो है हमारा दूसरा हाथ टोटी के ऊपर रहे और ज़रा सा हमने टोटी को खोला इस तरीके से हमें पानी डालना है इससे क्या होगा बालों की लय जो है बिल्कुल एक तरफ गिरेगी फिर इसी तरीके से जब उल्टा हाथ ये दूसरा फर्द हमारा हो जाएगा कोढ़ियों तक अपने हाथों को धुलना इसके बाद तीसरा फर्द हमारा सर का मसाज करना सर का कैसे करेंगे? अब जो हमारी बची ये अंगूठा इसको हमने कानों के ऊपर की तरफ ले लिया अब ये बची हमारे, तो इसको इसके अंदर अब इधर का भीगापन बचा तो हमने इसको गर्दन के ऊपर कर दिया। याद रहे यहाँ पर एक बात कि सामने बिल्कुल ना करें यहाँ गर्दन के हिस्से में फ्रेंड के सामने ना करें ये चीज़ बना है बहुत सारे लोग करते हैं नहीं करना चाहिए तो हमारा ये तीसरा फ़र्ज हो गया अब हमारा चौथा फ़र्ज़ बचा जो कि है टखनों तक अपने पांव धुलना किस तरीके से धुलना इस तरीके से टोटी खोली और टोटी के ऊपर हाथ रहा सबसे पहले इनमें खूब अच्छी तरीके से हिल कर लेंगे और कम पानी खोलेंगे ताकि पानी भी हमारा ज़्यादा नफिके पहले सीधा पाए फिर उल्टा पैर इस तरीके से हमारा वजू हो गया वजू के बाद अब जो पानी बचा है उसे खड़े हो पीना चाहिए क्योंकि वजू के बाद वो लोटे हम लोग वजू करते तो पानी बच जाता इसमें भी हम क्या करें खड़े होकर पानी पी लें और दुआ पढ़ लें दुआ कौन सा है दूसरा कलमा अशदुल्ल्ला दूसरा कलमा पढ़ लें पढ़ने के बाद ही हमारा इस तरीके से पूरा वज़ू हो जाएगा सुन्नत के मुताबिक तो क्योंकि पानी भी कम पिकेगा वरना बहुत से लोग ऐसे ही पानी बर्बाद होता चला जाता बस वो टोटी खोल के काम कर रहा होता तो हमें ध्यान देना है कि हमसे ज़्यादा पानी भी ना पिके और हमारा बिल्कुल सही से वज़ू हो जाए बहुत सारे लोग बहुत देर लगाते वज़ू करने में ये भी निकलना भाई जल्दी से जल्दी करके बस अपना आ जाए बहुत से लोग को शक व शुबा होता है कि हमारा कहाँ हाथ ये बीगा है या नहीं बीगा। बिल्कुल सही से करके और जल्दी से आ जाए क्योंकि अगर देर लगाओगे तो फिर आपकी नमाज भी जाने का अंदेशा है, तो इस तरीके से आपको वजू करना है देखो तो पैसा मिल जाना ये शोहरत मिल जाना कामयाबी नहीं होती बल्कि कामयाबी क्या पाँच वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब से करीब हो जाना यही असल चीज़ कामयाबी है तो हमारा ये वजू हो गया जो आज नया है आप लोगों को बतलाया बहुत अच्छे तरीके से और मिसवाक ज़रूर है आप लोग भी असला